गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग आप लोग ये बता दो क्या आप मुझे सुन पा रहे हो शुरू करा जाए भाई आज का टेस्ट साथियों आपको मालूम है कि कुछ ही दिन बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, है ना ये सबको पता है तो भैया ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको जो भी तैयार है उसे रिवाइज करते रहना है नहीं तो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है बाबू भूल जाने की ठीक है तो भूल जाने पे क्या होता है ना पढ़े सब कुछ रहो लेकिन लास्ट में कुछ हाथ नहीं आता है इसलिए हम प्रत्येक सटरडे को यानी शनिवार को रिवीजन करवाते हैं रिवीजन एक प्रकार से टेस्ट होता है ओरल हाँ ओरल टेस्ट होता है इसमें ज्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन शामिल होते हैं कॉन्सेप्ट वाले क्योंकि कोई भी एक बड़ी इमारत बनाने के लिए मजबूत न्यू चाहिए तो हम न्यू मजबूत करते हैं एक प्रकार से सारे कॉन्सेप्ट जो आपके हैं क्लास नाइन से संबंधित उन पर आधारित छोटे छोटे सवाल और जवाब हम लोग सैटरडे को करते हैं क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पे हो नहीं पाते हैं टाइम उतना रहता नहीं है तो क्या प्रश्न शुरू किया जाए सभी बोलो जल्दी से यस आ गए सभी वंदना पटीदार जी आपका कमेंट आ रहा है पंकज अरुण जसबीर अर्पित प्रियांशु एम एल सरस्वती कुमारी पंकज के साथ साथ प्रांजल भी जुड़े हुए हैं सोनू चौरसिया गोपीचंद, चंद सरवन टी खान तलहा और मंकी गेमिंग मौर्य ठीक है सभी के कमेंट आ रहे हैं बाबू तो फिर हम लोग क्यों देर करें आगे शुरू करें पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल का मैं कमेंट अभी पढ़ रहा हूं, अभी मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा जो भी साथी हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं हर जगह ज्योति राजपूत आपका भी कमेंट आ रहा है थोड़ा स्ट्रीमिंग फंस रही है जाना नहीं कहीं हाँ गड़बड़ा रहा है पता नहीं क्या बात है इसकी। तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा फंस रहा है भाई थोड़ा थोड़ा हो रहा है जाना नहीं चलिए तो शुरू किया जाए प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाना भाई चलो सबसे पहले आप ये बताओ आप लोग काफी पहन लिए हो क्या काफी पहन लिए हो तो पहला सवाल का जवाब दीजिए फटाफट फटाफट पहला सवाल का जवाब दीजिए क्या है वो सुनिए बहुत छोटा सा एकदम चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योगफल कितना होता है बताइए ये एक चतुर्भुज है आ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ बहुत आसान है लेकिन सब ऐसे आसान नहीं रहेगा दिमाग यहां लगेगा ये एक चतुर्भुज है मान लो इसके चारों भुजाओं का योग कितना होगा बताओ जल्दी फटाफट कितना होगा भाई चतुर्भुज मैंने पूछा बेटा त्रिभुज नहीं पूछा याद रखना मैंने पूछा चतुर्भुज तो इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है वो है जान्हबी यादव और जान्हबी के बाद है दिलीप कुमार जाह्नबी का गलत है इन्होंने त्रिभुज का समझ के बताया है 180 त्रिभुज का होता बाबू ठीक है चतुर्भुज का चारो कोड़ों का योगफल तीन होता है बहुत अच्छे ये तो एकदम छोटा सवाल था बचवा वाला अब थोड़ा ढंग के सवाल पे चलते हैं थोड़ा ढंग के सवाल पे चलते हैं ध्यान ध्यान ध्यान देना सुनना सुनना से से बहुत ही ठीक है अगला प्रश्न कह रहा किसी चतुर्भुज की बुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाली रेखाखंडों द्वारा बना जो चतुर्भुज होगा वो किस तरह का चतुर्भुज होगा एक बार फिर से सुनिए एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उनके जो मध्य बिंदु हैं यानी मान लो कि ये चतुर्भुज है इसकी मध्य पुजा ये है इसकी मध्य भुजा ये है इसकी मध्य भुजा ये है इसकी मध्य भुजा ये है ठीक है तो कह रहा है चतुर्भुज की मध्य भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं इनसे जो ये चतुर्भुज बनेगा ध्यान देना ये जो बीच में बन रहा है हम्म बुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक क्रम से मिलाने वाली रेखाखंडों द्वारा जो बनेगा चतुर्भुज वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा ऑप्शन है पहला समलंब चतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा जल्दी बताओ भाई कॉन्सेप्ट है इसमें याद रखना ईमानदारी से बताओ गोपीचंद बोल रहे हैं कि समुबाहू त्रिभुज होगा अच्छा त्रिभुज होगा बेटा यहां त्रिभुज तो नहीं बनेगा चतुर्भुज बनेगा कोई कह रहा चार गुना मैं गुना की बात थोड़ी बोल रहा हूँ यहाँ पे गुना भाग का कोई मतलब ही नहीं है हाँ अच्छा, चकोनी बनेगा ठीक है बिल्कुल सही है, आप समझ रहे हो लेकिन इसमें इसका आंसर होगा समांतर चतुर्भुज होगा चतुर्भुज का प्रकार पूछा आपसे त्रिभुज नहीं पूछा कुछ तो त्रिभुज बताया जा रहा है तो सबसे पहला इसमें जो आंसर दिया है भाई आ, समांतर का वो है श्री दयाल यादव श्री दयाल यादव जी का बिल्कुल सही है इस तरह से जो चतुर्भुज बनेगा बाबू वो क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा अगला सुनना ध्यान से कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा या तीसरी भुजा से बड़ा होगा या तीसरी भुजा के बराबर होगा जल्दी बताइए क्या होगा कोई भाई तीसरा प्रश्न है अबे रुक जा यार पहले तो दूसरा था ना फिर तीसरा कह रहा कि कोई त्रिभुज है जिसमें तीन भुजा होती है त्रिभुज में तो कह रहा भाई इनकी जो दो भुजाएं हैं हां जो दो भुजाएं हैं उनका योग यानी उनकी जो लंबाई चौड़ाई है जो भी नापेंगे तो तीसरी भूजा जो है उसके बराबर होगा या बड़ा होगा या उससे छोटा होगा बताइए फटाफट बताओ सर्वन कुमार कह रहे नाम लिखिए भाई काम करो नाम के पीछे मत पड़ो सर्वन गलत है बेटा तुम्हारा इसीलिए बोल रहा हो नाम लिखने को का गलत है गोपीचंद तुम्हारा भी गलत है पंकज का सही है और उसके बाद पूजा का भी सही है ठीक है दिलीप कुमार गलत है बेटा तुम्हारा देखो कोई भी त्रिभुज अगर उसकी तीन भूजा हैं, तो हमेशा वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज है अगर वो त्रिभुज है तो दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा बड़ा होगा चाहे जैसे भी देख लो मान लो ये पांच ले लिया ये सात ले लिया तो भैया ये कम से कम दस होगा क्योंकि ये करण सब हमेशा बड़ी भूजा होती होती है ना कोई भी इसमें से तुम दो भूजा जोड़ दो हमेशा देखो वो तीसरी वाली से ना बड़ी आई तो कहे मान लो कि हम एसी और बीसी जोड़ दें, देखो ए सी धन बीसी बराबर किसके कर दें ए -बी के, अब देना एसी दस है बीसी पांच है बराबर ये है, भाई ये पंद्रह आया ना बोलो बड़ा हुआ कि नहीं इससे बड़ा हुआ ना यहाँ पे भी आप बड़ा लगा सकते हो इस तरह से आप कोई दो भुजा जोड़ लो अगर आप सात और पांच जोड़ोगे तब भी बारह होगा और बारह जो है वो दस से बड़ा होगा तो याद रखना किसी भी त्रिभुज में कोई भी प्रकार का ट्राइंगल है अगर उनमें से आप कोई दो भुजा को जोड़ रहे हो तो बेटा हमेशा वो तीसरी भुजा से मान उसका जो जोड़ने पे आएगा बड़ा होगा देखो इसमें थोड़ा सा साउंड में मुझे सेटिंग करनी थी मैंने किया नहीं आवाज बहुत ज्यादा ले रहा है ये ठीक है समझ गए ना रविशंकर ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल क्या था बच्चों मैंने पूछा कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में दो भूजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है तीसरी भूजा के बराबर होता है या फिर नॉन ना नानी इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब था हमेशा तीसरी भूजा से बड़ा होता है ठीक है समझ गए ना सभी समझ गए ना बाबू चलो अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं फोर नंबर ध्यान से सुनना ये सिर्फ ओरल क्वेश्चन है ठीक है ओरल क्वेश्चन है तो पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा चौथा नंबर बताना है ना हम्म uh, यार क्वेश्चन तो नंबर इन लोगों ने कैसा दिया भाई हाँ हाँ हा, चलो चलो चलो चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट देखो फटा, फटा, फटा, अगला क्वेश्चन के लिए यह फिगर देखिए अगला क्वेश्चन के लिए फिगर देखिए देख रहे हो ना ये चित्र दिख रहा ना आपको यहां पर मान लो कि ये चार नाम है पी क्यू आर और यस समझना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इस चित्र के लिए ध्यान देना ये एक चतुर्भुज है ठीक है तो इसमें एंगल पी जो है वो एंगल यस के बराबर होगा ये पहला ऑप्शन है एंगल पी एंगल आर के बराबर होगा अभी रुके रहना मैं बताऊंगा टेंशन मत लो एंगल पी एंगल क्यू के बराबर होगा या डी नंबर है नॉन ऑफ दीज बताइए जवाब दीजिए फटाफट श्रेया प्रजापति सचिन कुमार सूर्य कुमार श्रीवास्तव मनीष कुमार बीर सिंह श्रुति यादव जब आप दो फटाफट बेटा चलो देखो नहीं आता तो टेंशन मत लो टेंशन मत लो एक भी पैसे का बस तुम कोशिश कर लो एक बार प्रत्येक मंडे से फ्राइडे तक में पढ़ाता हूं रेगुलर प्रत्येक मंडे से फ्राइडे तक रेगुलर पढ़ाता हूं अगर आप क्लास देखो तो सब क्लियर हो जाए इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर फोर का कौन दिया भाई आ, देखो फोर नंबर में पूजा ने बताया डी नंबर गोपीचंद, कृष्णा और सोनू ठीक है सचिन पंकज अर्पित अभिषेक और मंकी गेमिंग और फ्यूचर आईएएस, सिरताज अहमद ठीक है बहुत अच्छा भाई आई एस इज अहमद वेरी गुड आपका ही सही है देखो बेटा ये जो तुम्हे दिख रहा है ना ये क्या दिख रहा है एक प्रकार का समांतर क्या है समांतर चतुर्भुज है ना हो सकता है आपको कम दिख रहा हो समांतर चतुर्भुज ना समझ में आ रहा हो बट ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं ये सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं ऐसी स्थिति में पी के सम्मुख क्या है आर है और क्यू के सम्मुख ऐसा है तो पी आर के बराबर है इसका बी नंबर सही है बाकी सारे ऑप्शन गलत रोहित बिस्कर्मा समझ में आया ना आया ना समझ में पी और क्यू गलत है पी और क्यू ये सम्मुख थोड़ी है तो बगल बगल है ना नहीं ओके डन चलें आगे बढ़े किसी को कुछ कहना है तो बताना अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं फोन नंबर हो गया फाइव नंबर की तरफ आगे चलते हैं देखो बेटा अगला ध्यान से सुनिए पांचवा क्वेश्चन बोलूं सुन रहे हो ना सभी ध्यान से पांचवा क्वेश्चन है क्या समान हैं? बताइए यस या नो इसमें सिर्फ इतना ही बोलना है क्या समान त्रिज्याओ वाले दो सर्कल आपस में कैंग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं बताइए जवाब दीजिए फटाफट समान त्रिज वाले दो वृत्त आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं बहुत अच्छे भाई सुजती देवी सूर्य कुमार श्रीवास्तव सूरज कुमार श्री दयाल अर्पित कृष्णाकांत पीयूष कुमार बबलू कुमार और कौन है भाई गोविंद नामदेव धीरज सरोज देवी ठीक है वेरी गुड तो बेटा इसका राइट आंसर है यस यस कोई भी दो सर्कल कोई भी दो सर्कल मतलब वृत्त जिनके अगर आ, रेडियस इक्वल है भाई रेडियस इक्वल होगा तो पूरा वृत्त ही इक्वल होगा रेडियस मतलब होता त्रिज्या, हाँ ये दोनों बराबर हैं क्या जो दिख रहे हैं तुम्हें नहीं ना एक ही छोटा लग रहा है एक ही बड़ा लग रहा है अगर इनके रेडियस बराबर है तो हमेशा वृत्त क्या होंगे वो बराबर होंगे हर चीज में बराबर होंगे मोटाई चौड़ाई लंबाई सब चीज में बराबर होंगे समझ रहे हो ना तो अगर कोई दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो दोनों वृत्त सर्वांगसम या कांग्रियंस होंगे ठीक है ये कंसेप्ट है बेटा देखो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हम भले नहीं करवा रहे लेकिन अगर आपने इस टेस्ट को पूरा ईमानदारी से देखा दिल से तो यह समझ लो कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं बिल्कुल टेंशन मत लेना ठीक है ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं समझ रहे हो और हां इसमें से ऐसा नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में भी काम आएंगे अब मजबूरी ये है कि यहां पर हम बड़े क्वेश्चन टेस्ट में दे देंगे तो हो नहीं पाएगा तो ये दिक्कत हो जाती है इसलिए टेस्ट में हम सारे कॉन्सेप्ट करते हैं अगला सवाल ध्यान से सुनना किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का जो सम्मुख कोण है वो कैसा होता है किसी त्रिभुज में कोई भी मान लो एक त्रिभुज है हा? कोई भी एक त्रिभुज है ध्यान देना इसकी जो लंबी भुजा है मतलब सबसे बड़ी भुजा मान लो उसके सामने का कोण क्या होता है किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ध्यान देना किसी त्रिभुज के सबसे जो बड़ी भुजा है उसके सम्मुख कोण कैसा होता भाई बड़ा होता है छोटा होता है या बराबर होता है या तुम्हें पता ही नहीं है बताओ रवि रविशंकर स्टूडेंट आप पी वी स्टडी ये कह रहे हैं मेरा पहला था सर सबसे बड़ा कौन क्वेश्चन नंबर छठा में बिल्कुल बहुत अच्छे भाई रविशंकर वेरी गुड बिल्कुल किसी भी त्रिभुज की अगर वो सबसे बड़ी भूजा है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा सम्मुख कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा याद रखना ठीक है कोई भी त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा सबसे बड़ा होगा जसबीर गलत है बेटा तुम्हारा अर्पित तुम्हारा भी गलत है ठीक है चलो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना बिल्कुल बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी वेरी गुड गुड चलो ठीक है तो याद रखना किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भूजा का सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है बड़ा होता है मनीष कुमार पंकज सरस्वती मोहित मनीष नंबर दो ठीक है अगला सुनिए सतवा नंबर सुनिए सतवा नंबर सुनिए महाराज सुनिए कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीरसा भूमु कोण शीरसा भिमुख कोण जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही जान पाएगा नहीं तो इसका नाम है ना समझ पाएंगे शीरसा भिमुख कोण क्या होगा बराबर होगा बड़ा होगा क्वेश्चन नंबर डाल के बताना सात नंबर क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब आप दोगे आपकी बार क्वेश्चन नंबर डाल के फिर से सुनो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें यदि दो रेखाएं परस्पर क्या करें प्रतिच्छेद करें ठीक है तो ये बताओ भाई कि जो शीर्षा विमुख कोण होगा वो क्या होगा बराबर होगा बड़ा होगा छोटा होगा या कुछ नहीं बताइए इंटरसेक्ट बोलते हैं ना प्रतिच्छेद को शायद इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट बोलते हैं हम फटाफट बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड चलो चलो फटाफट फटाफट फटा आगे बढ़ते हैं ये आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था पता है ये अगर आपके पास किताबें हैं तो आप किताबें खोल के देखो भाई ये किताबों में आपके सब दिया हुआ है रेखाएं और कोण वाला ठीक है और अगर कहो तो मैं पेज नंबर भी बता दूं तुम पेज नंबर खोल के जाके देख सकते हो ठीक है डन आगे बढ़े ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे यदि दो रेखाएं क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगी तो आप कोण क्या होगा बराबर होगा ठीक है बिल्कुल जो बोल रहे हैं इक्वल होगा उनका सही है बराबर होगा क्या होगा बराबर होगा एक बार फिर से सुन लो यदि कोई दो रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कौन होगा वो इक्वल होगा अब इंग्लिश में अक्सर तो सभी बच्चे हमारे हिंदी वाले हैं हाँ जो रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ उसमें मैं इंग्लिश में जरूर यूज करता हूँ बीच बीच में लेकिन इसमें तो मुझे लग रहा है सब हिंदी ही हो जा रहा है है ना आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ देखिए अगर भाई आपने सारे कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो बहुत मस्त क्लास होने वाली है संडे को भी कुछ ना कुछ होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है संडे को भी होगा अच्छा टेस्ट बदल के संडे कर दिया गया था क्या नहीं होगा संडे को भी होगा कुछ ना कुछ चलो ये बताओ एक क्वेश्चन और बताओ, बताओ बेटा छोटा सा है ये बताओ 50 और 80 इसके बीच में कितने न्यून कोण होंगे सारा कॉन्सेप्ट है इसमें 50 और 80 के बीच में कितने न्यून कोण होंगे बताइए इंग्लिश वाले कितने लोग हैं इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं भाई बोलो फटाफट कौन कौन है सीबीएसई वाला कौन कौन है या दिल्ली बोर्ड या फिर अन्य कोई बोर्ड से हो जो इंग्लिश में हो हाँ क्लास रोज चलती है ठीक है बहुत अच्छे मैंने कहा कितने नहीं उनको होंगे जो तीस बता रहा है वो गलत बता रहा है मैंने पूछा इन दोनों के बीच में देखो बेटा ध्यान दे रहा इन दोनों के बीच में एके साहू जी विशाल श्री दयाल रविशंकर टीएम खान श्रेया प्रजापति गोपीचंद और कोई एनीवन ठीक है ठीक है ठीक है डन ओके ठीक है बहुत से बच्चे हैं सीबीएसई वाले भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो समझो कोई दिक्कत नहीं आप कहीं आसमान से नहीं आए हो हिंदी इंग्लिश मिला के बताएँगे क्लास में चलो ठीक है देखो भाई कहा है पचास और अस्सी के बीच में मतलब पचास को भी छोड़ देना है अस्सी को भी छोड़ देना है देखो बेटा जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि वन और टू इसके बीच में कुल कितने नंबर हैं बताओ दस और बीस के बीच में कुल कितने नंबर हैं? अगर गिनो तो ऐसे होगा देखो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस कितने हैं नौ है ना नौ ना? हम्म? नौ है तो भाई सीधी सी बात है अगर ये दस और बीस के बीच में नौ नाइन है तो वैसे इसमें भी तो है पचास से साठ साठ से सत्तर सत्तर से अस्सी तो नौ तरीक कितना हो जाएगा सत्ताईस होगा क्या नहीं सत्ताईस नहीं होगा आप उन्तीस कह सकते हो उन्तीस कह सकते हो वैसे नॉर्मली देखो तो दस इसमें से घटाओगे क्या दस आएगा और इसमें से एक कम कर दो बस क्योंकि ये भी इसमें नहीं यूज के हो रहा है तो एक कम ट्वेंटी तो इसका करेक्ट आंसर क्या है पचास और अस्सी के बीच में ट्वेंटी नाइन न्यून कोण है कितने हैं ट्वेंटी नाइन है, है बेटा समझ में आया ना पचास और अस्सी के बीच में ट्वेंटी न्यून कोण है हुँ? अच्छा एक बात बताओ तुम चलो चलो चलो चलो, चलो नाइन नंबर बता दो नाइन नंबर बताओ ये बताओ बेटा अगर कहीं एंगल बन रहा है दो डिग्री का तो ये किस प्रकार का कोण है अधिक कोण है बृहद कोण है या रिजु कोण है यानी एक्यूट एंगल अपट एंगल स्ट्रेट एंगल या फिर कंप्लीट एंगल या और क्या बोलते हैं भाई अरे बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में मुझे कम आता है हिंदी में ज़्यादा आता बताओ किस टाइप का एंगल है ये बिपिन बोल रहा है कि अधिक कोण है रविशंकर मेरी हद कौन भाई तुम रविशंकर नहीं हो मुझे पता है कोई और है हाँ रविशंकर का मोबाइल लेके कौन रिप्लाई कर रहा है यार मुझे तो नहीं लग रहा है कि रविशंकर हो आप ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे जो अधिक कौन बता रहे बेटा सुन लो मैं इसीलिए इसको दिया देखो तुम अभी ना समझो समझ लो कॉन्सेप्ट समझ लो ये बृहद कोण होगा अधिक कोण नहीं होगा क्या आप जानते हो अधिक कोण क्या है जानते हो अधिक कोण क्या है नहीं जानते हो ना देखो जो अब एंगल होता है नहीं अधिक कोण होता है बेटा वो 91 से स्टार्ट होता है 179 पे इंड हो जाता है याद रखना इसे ये कौन सा कोण है अधिक कोण जिसे इंग्लिश में शायद आप ट्यू सेंगल बोलते ना इससे बड़ा नहीं होता है इससे बड़ा जो 180 है ना भैया 180 ये स्ट्रेट एंगल है जिसे बोलते हैं कोण क्या बोलते हैं बाबू कोण बोलते हैं तो याद रखना अगर कोई एंगल 180 180 है या 180 से बड़ा है तो 180 का एंगल कभी अधिक कोण नहीं होता है ठीक है क्या होता है स्ट्रेट एंगल, एंगल ज्यादा समझ में आता सीधा सीधा का कोण बन रहा है बन रहा है 180? जैसे इंग्लिश इंग्लिश में में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्लियर हो जाता है, लेकिन हिंदी में रिजू कोण बोलोगे तो रिजू बोलने से समझ में नहीं आता है है ना? संडे है, संडे को कुछ ना कुछ चलेगा चाहे रिवीजन ही क्यों ना होगा संडे को भी चलेगा कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा चलेगा रिविजन वगैरह करवा दिया जाएगा देखो बाबू आप लोग क्लास को लाइक करो बहुत से बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कमेंट नहीं कर पाएगा ठीक है तो अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है तुरंत क्लिक करके सब्सक्राइब करें ठीक है ना बाबू हम्म समझ गए ना तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना नहीं भूलना यह आपकी जिम्मेदारी है यह आपकी जिम्मेदारी है विशाल कुमार हमारी क्लास कहां से मिलेगी चैनल पे है सब चैनल पे है सब चलो ठीक है ओके आगे चलें, ठीक है डन किसी को कोई दिक्कत नहीं ना चलो ठीक है ओके ये हो गया ओके अच्छा एक बात बताओ और 150 सौ पचास अंश का अगर कोण है तो ये किस तरह का कोण है 15050. फाइव ये अधिक कोण है कि बृहद कोण है अधिक कोण है कि बृहद कोण है बताइए जल्दी बताओ फटाफट बताओ ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैंने पूछा कि 150 सौ अंश का जो कोण है वो किस तरह का कोण है अधिक कोण है कि बृहद कोण है ठीक है बच्चे वेरी गुड वेरी गुड अब मैं देख लेता हूँ पी स्टडी फेसबुक पेज पे जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो उनका देख लेता हूँ ठीक है यूट्यूब पर तो मैंने बहुत बच्चों का देख लिया अब जो बच्चे पी स्टडी फेसबुक पेज पे कमेंट कर रहे हैं अब मैं उनका देखूंगा ठीक है तो बेटा एक क्वेश्चन और बताओ एक क्वेश्चन और बताओ बहुत ही जल्दी से छोटा सा है सारा ओरल कॉन्सेप्ट कर लीजिए ये एक है आपका क्या त्रिभुज है ए बी सी ध्यान देना और बड़े ही प्यार से मुझे बताना ठीक है चलो ये मान लो पाँच है ठीक है और ये चार है तो मुझे ये बता बेटा इसमें ए सी कितना होगी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बताइए फटाफट बताओ ठीक है भाई रोहित विस्कर्मा धीरज कुमार बहुत अच्छे वेरी गुड जयेश रातवे जो भी साथी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो कहीं जाएंगे नहीं बिल्कुल उनका दिल नहीं तोड़ने वाले हम हम उनकी बहुत ही केयर करते हैं थोड़ा सा लापरवाह आदमी हूं मैं जो कि मैं फेसबुक वालों का कमेंट बाद में देखता हूं लेकिन अब मैं ना अब मैं फेसबुक वालों को पहले देखूंगा यूट्यूब वालों को बाद में ठीक है बहुत अच्छे रविशंकर वेरी गुड देखो बेटा जो भी नहीं जुड़ पाया ना फेसबुक पे जाकर के आप पी स्टडी सर्च करोगे ना तो आपको तुरंत पेज मिल जाएगा मैं वहां भी लाइव हूं पी स्टडी चैनल नंबर तीन पर भी लाइव हूँ पी स्टडी इलाहाबाद चैनल पर भी लाइव हूं और पी स्टडी के फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर भी मैं लाइव हूं मैं एक साथ हर जगह लाइव हूं आप कहीं से भी मैं देख सकते हो ठीक है समझ गए मैंने क्या पूछा मैंने पूछा एक का जो 150 का कोण है वो क्या है अधिक कोण है कोण है? इसका करेक्ट आंसर है अधिक कोण है अधिक कोण है क्योंकि ये इसी के अंदर आ रहा है हा? भाई 91 से 179 के अंदर में आता है। इसका मैंने एक सवाल पूछा इसका जवाब अभी तक नहीं बताया धीरज कुमार बताओ धीरज कुमार जवाब दो भाई क्या है ये अधिक कौन है क्या है इसमें तो अधिक कौन नहीं है इसमें मैंने पूछा कि आप मुझे ए का मान बताओ कितना होगा चलो फटाफट बताओ क्या होगा ऐसी प्रियांशु पटेल ठीक है भाई प्रियांशु वेरी गुड ये सब पी वी आर स्टडी फेसबुक पेज पे कमेंट कर रहे हैं पी स्टडी के फेसबुक पेज पर कमेंट कर रहे हैं ठीक है बहुत अच्छे अच्छा एक सवाल और बताइए मधु सिंह जी बिल्कुल वेलकम एक सवाल और बताइए एकदम छोटका सा है नन्ना सा है हाँ वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो परस्पर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं या समांतर होती हैं बताइए वह रेखाएं जो एक ही रेखा वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वह परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं या समांतर होती हैं? हम्म देखो इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो जैसे ये कोई रेखा है ये कोई रेखा है अब इसी के समानांतर कोई दो रेखा खींच दी जाए ऐसे ऐसे हा तो ये जो छोटकी रेखा थी मान लो सी है इसका नाम मान लो बाबू अब बी है तो ये जो दो रेखाएं ए है ना वो सी के समान्तर खींची गई हैं तो कह रहा ये ए आपस में कैसी होंगी समांतर होंगी या लंबौत होंगी या कैसी होंगी मधु सिंह ने कहा समांतर होंगी धीरज कुमार ने कहा क्या होंगी समांतर होंगी ठीक है पंकज को कोदुवंशी सचिन यादव बहुत अच्छे ये सब पीबीआर स्टडी को फेसबुक पे देख रहे हैं अभी ठीक है और अब मैं सिर्फ फेसबुक पेज का कमेंट पढ़ रहा हूं तो बाबू जिनको फेसबुक पे फॉलो करना नहीं आ रहा ना नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर देना आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा बोल देना की मुझे फेसबुक पेज का लिंक चाहिए ठीक है बोल देना मुझे फेसबुक पेज का लिंक चाहिए चलो डन अब ये बता मुझे क्या आप लोग जानते हो ये क्लास प्रत्येक शाम सात बजे होती है यस या नो जानते हो ना आज लगभग हमने पंद्रह क्वेश्चन करवाए हैं और अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख गए ना अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है लाइफ में कुछ करने के लिए कोई नहीं रोक सकता बहुत कुछ हो सकता है हम्म ये सब जितना मैंने पूछा नाइन्थ पर ही आधारित था जितना भी मैंने पूछा नाइन्थ पर ही आधारित था ये सब कुछ हुँ? आगे बढ़ा जाए अरविंद प्रसाद जी कुमार परवीन ठीक है तो मुझे लगता है कि हो गया सारा सिस्टम कंप्लीट और आज का क्लास एम पे बंद किया जाए एक छोटा सा और भी मैं आपको पूछ लेता हूँ ये बता मुझे जनरल नॉलेज है एक्सरसाइज आपका फाइव पर आधारित भी है बताइए अगर 300 फारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बदलें तो कितना आएगा 300 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना आएगा आपका ये चैप्टर नंबर पांचवा में लगभग आधारित है चौथा लास्ट में है शायद हाँ 4.3 का क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन है बेटा बताओ 300 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना आएगा साइंस में भी है मैथ में भी है फटाफट पट बताओ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति की तरफ भी निर्देशांक ज्यामिति में बढ़ें तो ये बताओ माइनस पांच और माइनस का नौ ये किस चतुर्थांश में होगा किस चतुर्थांश में होगा फटाफट पट बताओ हम धीरज कुमार बेटा क्या लिख रहा हूं मुझे नहीं समझ में आ रही है आपकी बातें मुझे नहीं समझ में आ रही रोजगार लाइव नहीं पढ़ाते रोज आर इनका मतलब रोज नहीं बेटा देखो रोज लाइव पढ़ाते हैं बाबू ठीक है, है? स्टडी चैनल पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो डेली लाइव होता है तो मैंने इसका जब आप पूछा इसमें कौन बताया भाई ठीक है ट्राई कर लो कोई दिक्कत नहीं मैंने एक और पूछा ये भी पूछा किस चतुर्थांश में है एक मैंने और पूछा सेवन का मा नहीं प्लस का टू ये किस चतुर्थांश में है, है, में में में है? में में ठीक है बहुत अच्छे जवाब वेरी गुड बच्चे वेरी गुड धीरज कुमार बहुत अच्छे जसबीर यादव बहुत अच्छे ये तृतीय चतुर्थांश में होगा किस में होगा बाबू ये तृतीय चतुर्थांश में होगा ठीक है किस में होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा डन आगे बढ़े चलिए ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड तो कुछ बच्चे हमारे बहुत जगह बटे हुए हैं इस वजह से हम हर जगह का कमेंट नहीं पढ़ पाते भाई सूर्य कुमार श्रीवास्तव अमित छोटू बाल साकेत और अंजलि कुमारी ये सब पीवीआर स्टडी चैनल नंबर तीन पर भी जुड़े हैं कुछ कहीं जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं आप कहीं भी देखो मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ तो आप कहीं भी देखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए बहुत अच्छे बच्चे वेरी गुड वेरी गुड भाई वेरी गुड सूरज सोनकर बता रहे हैं फर्स्ट में होगा सरस्वती कुमारी अरुण रोहतास ए के साहू गोविंद श्रीदयाल किसी गोपीचंद मनोज पूनम सरस्वती राकेश अर्पित भाई बहुत कमेंट आ रहा है ये सभी पीवीआर स्टडी मेन चैनल पे हैं ठीक है बाबू तो मुझे लग रहा है कि आज का टाइम हो गया तो आज की क्लास यहीं पर बंद कर दिया जाए लगभग आधा घंटा ज्यादा हो गया है वैसे तो मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ तो 40 मिनट पढ़ाता हूँ आज टेस्ट है तो टेस्ट में ज्यादा देर नहीं हम्म क्या और चलाया जाए अभी राकेश शर्मा जी बिल्कुल ठीक है आप परेशान मत रहो परेशान मत रहो हाँ गलत शब्द रखता है तो उसको कमेंट जाता नहीं है क्या मुझे जवाब दो अगर कोई गलत शब्द रखता है बेटा तुम गलत इसका मतलब कमेंट कर रहे हो गाली दे रहे हो ना लात मुका खाने के लिए तैयार रहे ना गलत शब्द वालों के लिए हमारे पास और दवाई भी है ये मतलब मुझी से पूछ रहे हैं कि तुमको गाली कैसे दे बताओ हम्म कमाल के भाई कहा से पैदा हो गए तुम आगे चला जाए फिर हम्म आगे बढ़ा जाए शेषफल परमी आप लोगों ने पढ़ा है हम्म शेषल पर तो पढ़ा ही है चले फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्लास में पुरानी वीडियो मत लाइव सूरज सोनकर बेटा देखो तुम्हारे सवाल का जवाब देके मैं आज की क्लास बंद करता हूं ये कह रहे हैं पुरानी वीडियो मत लाइव देखो बेटा लाइव जो है ना वो पुरानी वीडियो का लाइव नहीं होता है लाइव में पढ़ाना ही पड़ता है हाँ बाकी ये होता जैसे अभी आप चैप्टर सात तक पढ़े हो चैप्टर छ तक तो जो क्लास आपको सिस्टम से आगे पढ़ानी है उसे पढ़ाया जाता है ये कोई खाना थोड़ी बासी हो गया तुम्हें नुकसान कर देगा बीमार हो जाओगे ये क्लास है मैं सारी एक्टिंग क्लास में किया हूं अगर इसे कोई बाद में भी देखेगा तभी तो समझ पाएगा ना ये वीडियो क्लास ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आएगा तो इसमें पुरानी नई से कोई मतलब नहीं ठीक है।, है चलते है भाई श्रुति यादव बोल रहे हमको पहले से ही कोई लाइक करता है, है ये तो मैंने नहीं पूछा कोई बात तुम लोग क्या कर रहे हो भाई बातचीत कर रहे हो चलो ठीक है लाइक करो एक दूसरे को थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही पढ़ते लिखते भी रहो साथ, साथ में हाँ